सोचा था कि दो शादी करूँगा एक पीटेगी तो एक बचाएगी पर सपने में देखा कि एक पकड़ी हुई थी और दूसरी पीट रही थी <laughs>